उद्यान उद्यानो नेशनल पार्क इसमें एक डेटा डाउनलोड फैसिलिटी सेंटर बनाई गई है और इस इक्विपमेंट को रेडियो इक्विपमेंट को खरीदने और फैसिलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया चार से छह महीने में पूरी कर ली जाती है और ये, ये जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में इनको वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामीबिया पहुंचा दिया गया था और फिर इन्हें ये तमाम जो कॉलर हैं आरएफ ये कॉलर इनको लगाकर ही इन्हें इन्हें लाया गया है रेडियो कॉलर हैं इन्हें और इनकी ताकि इनकी जो ट्रैकिंग है इनकी निगरानी वो हो सके रेडियो कॉलर के जरिए और फिर इन्हें हम जैसे कि बता रहे हैं कि इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और फिर इन्हें जंगलों में मुक्त किया जाएगा तो ये कुछ अहम बातें हमने आपको बताई किस तरह से वहाँ पे इन्हें पकड़ा गया और फिर उनके बाद उनको जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके ज़रिए इन आठों चीतों को भारत लाया गया है सत्तर साल पहले हमारे आएंगे ये एक एक बहुत ही ख़ास एरिया बनाया गया है उन्हीं ख़ास एरिया में अभी ये एक महीने तक रहेंगे और उसके बाद फिर इनकी लगातार मोनिटरिंग की जा रही है मोनिटरिंग की जाएगी आप देख सकते हैं uh is a a